कौन कितना अमीर है अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है यानी वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकता है यही उसकी अमीरी है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की जिसे लिखा है रॉबर्ट टी ने रॉबर्ट टी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती हैं पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए दूसरी ये कि सैलरी अगर बढ़ गई तो फिर एक ज़्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं पर ऐसी सोच ऐसी स्ट्रैटी के वजह से परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाता है लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं वो लोग अपनी जॉब में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते इसे हाई रिस्क लेने या जोखिम भरी जिंदगी कह सकते हैं और इसका कारण छोटा सा है ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना नाइन्टीज़ की दशक में जॉब्स की बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी डिसशन आया था और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास हैं वो पैसे के मामले में इतना सुरक्षित हैं तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है अच्छी बात यह है कि औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में टैक्स और मोडीगेट चुकाने में अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज़्यादा विज़ी रहते हैं इतना उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फ़ंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए तो फिर वो क्या करते हैं फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं उसके काबिलियत पर भरोसा करते हैं और वो जैसा कहते जाते हैं वो वैसा करते जाते हैं क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता वो हमेशा यही सोचता है कि जो मत उठाओ सुरक्षित रहो और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ ना होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा यानी हमें कुछ ना हो उसके पीछे का असल कारण ये होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी जो बैलेंस शीट होती है उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम कम होती है या यूँ कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसर्ट्स वाला कॉलम खाली रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके बुध बुद्ध से सागर भर के अमीरी हो सकते हैं आप सूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पाँच हज़ार को दस लाख रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं पर प्रॉब्लम सोच की है ये जो गरीब या मिडिल क्लास जो वर्ग है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट को जोखिम भरा मानता है पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम्स इन्वेस्टमेंट में नहीं है प्रॉब्लम उनकी सोच में है उनकी नासमझी में है वो ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं तो अगर आप दूसरों की तरह सोचते हैं घर को एक एसट समझते हैं इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं सेफ रहना चाहते हैं तो ये समझना ज़रूरी है आप किसी के लिए काम करते हैं सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मालिक को या अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं आपकी कोशिशें मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते हैं आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है अच्छा दूसरा आप सरकार के लिए काम करते हैं आप समझ सकते हैं जब आप काम करते हैं पैसे कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है तीसरा अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना असर्स मानते हैं जो कि दरअसल एक लाइबिलिटी है वो आप बैंक के लिए काम करते हैं क्यों क्योंकि आप उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समस्या ये है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फ़ायदा हो मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ़ अपने काम से काम रखेंगे पर पैसों की समझ ना होने के कारण उसके मैनेज करने की समझ ना होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं अपनी सैलरी के सहारे अपनी संपत्ति को अपने एसर्ट्स को बड़ा करना चाहते हैं पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह से अपने सफलता का आकलन करते हैं कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है कि उसके पास दौलत है और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है ये सब बातें भी समझना उतना ही ज़रूरी है तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति आपकी सफलता आपके आस का माहौल आपकी दौलत इन सब बारे में आपको सोचना पड़ेगा एसर्ट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है सीखना है और अमीरी के राय पर हमेशा आगे बढ़ते जाना है तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ